आज दिनांक नौ पाँच दो को समय 10:00 बजे यह सूचना मिली कि ग्राम रानीपट्टी में दिलीप कुमार यादव पुत्र श्री फतेह बहादुर यादव निवासी रानीपट्टी थाना मरियाऊ जनपद जौनपुर उम्र 13 वर्ष गांव के प्राथमिक विद्यालय के जंगले में गमछे से बांधकर कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची मौके पे परिजन मौजूद मिले पूछताछ करने पे बताए कि घर से गाय चराने बाहर गया था परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जोन को रवाना कर दिया गया है ला एंड आर्डर की कोई समस्या नहीं है मौके पे शांति व्यवस्था कायम है